नहीं गलती नहीं दिखती सारी हमारी गलती बताएगी और ऐसी लव स्टोरी तो किसी को पसंद भी नहीं आएगी और हमारे साथ रहकर हमारे दोस्तों को कुछ बोला ना तो पापा की परी सीधा ब्लॉक लिस्ट में ही जाएगी